प्रगटे गोपाला दीन दयाला देव की माँ बलिहारी हर्षित महातारी महतारी मुनिमनहारी मोहक रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुज भुजधारी भूषण गलमाला नयन विशाला शोभा सिंधु मुरारी दर्शकों श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी बधाइया और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जन्माष्टमी जितने लोग गृहस्थ हैं तेईस तारीख को ही मनाएंगे और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उनके चरणों में वंदन करते हुए मैं ज्योतिर्विदास पांडे लखनऊ से आप सभी दर्शकों के समक्ष दिनांक तेईस अगस्त का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूं दर्शकों हमारा ये प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि न विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न तो हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि जन्म राशि की ही प्रधानता दी जानी चाहिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए दर्शकों सभी लोग जुड़ गए हो तो प्लीज आप लोग लाइक करिए और आज हम टेलीफोन कॉल नहीं ले पाएंगे तो इसके लिए आप लोगों से देखिए दर्शकों क्षमा जो है प्रार्थी हैं इसके साथ साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या ऐसा प्रयोग करे कि आज का दिन आप लोगों के लिए सौभाग्यदायक दिन साबित हो और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के तमाम ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे कि आप लोग भी जो है उससे लाभान्वित होंगे दर्शकों 23 आठ 2019 को ही देखिए जन्माष्टमी मनाई जाएगी शुक्रवार चूंकि दिन रहेगा और शास्त्रोक्त मतानुसार जिस रात्रि में चंद्रोदय के समय भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हो उसी दिन जन्माष्टमी मनाया जाना, जाना चाहिए दर्शकों एक बात और बताया जो है बताना चाहेंगे कि आज के दिन चंद्रमा का विशेष महत्व तो होता है तो चंद्रदेव को अर्क वगैरह देना ये सब आप लोगों को करना रहेगा और जो लोग पूर्णिमा का व्रत फुलमून का व्रत रहते हैं हमारे क्लाइंट लोग जितने ज्यादा तक हमारे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग आज के दिन जैसे हमने आप लोगों को बताया है अर्क देने की विधि उसी तरीके से चंद्रदेव को आज आपको अर्क भी देना रहेगा चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं आज का पंचांग क्या कहता है पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं चूंकि पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है और ये पांच अंग कौन कौन से हैं तो ये पांच अंग है तिथि इनमें से कोई भी एक अंग की कमी है तो पंचांग पूर्ण नहीं होता है तो दर्शकों विक्रम संबद्ध दो हजार छिहत्तर शख और भाद्रप जो है भादव मास चल रहा है भादव मास की दर्शकों जो तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष है और सप्तमी तिथि सुबह आठ बजकर दस मिनट तक की रहेगी इसके उपरांत अष्टमी तिथि रहेगी नक्षत्र जो रहेगा ये कृतिका नक्षत्र रहेगा इसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र देखिए लगेगा योग रहेगा ध्रुव के उपरांत रहेगा करके रहे उपरांत बालो और अंत में कौलो करण रहेगा चंद्रदेव जो आज चलायमान रहेंगे सुबह आठ आठ तक तो मेष राशि में रहेंगे इसके उपरांत ही अपनी उच्च राशि जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस राशि में चंद्र चंद्रदेव आ जाएंगे और करण की यदि हम जो है बात करें तो वह करण रहेगा बालो करण रहेगा इसके उपरांत कौलो रहेगा सूर्योदय सूर्यास्त की बात करें तो प्रतः पाँच बजकर जो है सूर्योदय होगा और सूर्यास्त की यदि तो uh, हाँ शाम छह बजकर अः uh, तैतीस मिनट पर सूर्यास्त होता हुआ दिखाई दे रहा है राहुकाल की यदि हम बात करें तो शुक्रवार के दिन का जो राहुकाल दर्शकों होता है दोपहर दोपहर का मतलब सुबह साढ़े बजे से लेकर के बारह बजे तक का राहुकाल रहेगा अब शुभ कार्यों को करने के लिए जो आज का समय रहेगा आप लोग नोट कर लीजिएगा बारह बजकर बत्तीस मिनट से एक बजकर सोलह मिनट तक का जो समय रहेगा ये शुभ कार्यों को करने का रहेगा इसके साथ साथ दर्शकों बताना चाहूँगा कि सप्तमी तिथि को आंवले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और जो अष्टमी तिथि है अष्टमी तिथि में नारियल त्याग बताया गया है नारियल के सेवन की मनाही है दर्शकों एक बात अब हम आपको और बता दें कि आ, हाँ दिशा की बात कर लेते हैं आज शुक्रवार का दिन रहेगा तो पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल रहेगा और, दिशा रहे और पश्चिम दिशा की ओर आज यात्रा मत करिएगा यदि करना पड़ जाए तो क्या करें तो दही जो है खा करके और मिश्री खा करके आज आप यात्रा कर सकते हैं दर्शकों ये तो थे कुछ प्रयोग भगवान कृष्ण के ऊपर यदि हम चले तो कृष्ण बनना आसान नहीं है जिसका जन्म ही इतनी मुश्किलों में हुआ कठिनाइयों में हुआ यदि आप लोगों का होता तो आप लोगों का प, आप लोगों को पता चलता भक्ति करना आसान है आप कृष्ण की भक्ति में लीन रहिए लेकिन कृष्ण के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है तमाम जो नए नए लड़के आजकल के हो गए हैं वो बोलते हैं कृष्ण जी की इतनी गर्लफ्रेंड थी क्या थी हम भी वो आप मत सोचिए इस पर फिर किसी दिन हम प्रकाश डालेंगे और तमाम चीजें हैं दर्शकों आज हम प्रयोग बताने जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर और देखिए अगर आपको धन चाहिए संपत्ति चाहिए और चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता आए समृद्धि आए तो एक चांदी की छोटी सी बासुरी बनवा लीजिएगा और इस चांदी की बाँसुरी को आप ले करके भगवान कृष्ण को चढ़ाइए बाद में जब पूजा खत्म हो जाएगी व्रत के आपके पारण हो जाएगा उसके बाद उठा करके जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर आप रख सकते हैं इससे आपके धन में दिन दुगनी रात चौगुनी की बढ़ोतरी होगी जन्माष्टमी के दिन का यह सबसे सफल प्रयोग है दूसरा एक प्रयोग बताने जा रहे हैं भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री जो खाड़ वाली धागे वाली मिश्री होती है ये दोनों बहुत पसंद है तो कोशिश कीजिए कि आप लोग माखन और मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण जी को लगाइए और एक साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं इनको अपने हाथ से यदि आप खिलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा ये प्रयोग आप कर सकते हैं ये सब प्रयोग जो है बहुत आजमाए हुए प्रयोग हैं और इन प्रयोग से आप लोगों को देखिए दर्शकों जीवन में सुख आएगा समृद्धि आएगी झूले की यदि हम बात करें भगवान कृष्ण जी को झूला भी बहुत ज्यादा पसंद है झूला भी इनको झुलाया जाता है तो आप लोग इनको झूला गिफ्ट कर सकते हैं या किसी छोटे बच्चे को आप खरीद के गिफ्ट कर सकते हैं राखी की यदि हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को रक्षा सूत्र आप लोगों को बांधना रहेगा ओम क्लीम कृष्णाय नमा मंत्र से भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा में तुलसी का बड़ा महत्व तो है तो तुलसी जी का भोग आप लोग जरूर लगाइएगा जो भी चीज आप रखिएगा जल भी रखिएगा तुलसी पत्र डाल दीजिएगा माखन मिश्र भी रखिएगा उसमें भी तुलसी डाल दीजिएगा चलिए दर्शकों राशि फल पर देखिए बढ़ते चल रहे हैं और मेष राशि तो आज आपके सामने कामकाज से जुड़ी कोई बहुत बड़ी चुनौती आती हुई दिखाई दे रही है लेकिन आज आप उस चुनौती से तुरंत ही पार लेंगे घर का माहौल अच्छा बना रहेगा आपको अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे आज आपको किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा आज दूसरे लोग आपके कामकाज से प्रभावित होंगे, आपकी तरक्की के के नए नए रास्ते खुलेंगे, परिवार में मधुरता साथ आज विश्वास बढ़ेगा, सब लोग एक दूसरे की मदद के लिए आज तत्पर रहते हुए नजर आएंगे भगवान श्री कृष्ण को पीला वस्त्र आज आप अर्पित करिए और जो भोग लगाइएगा उसमें केसर की एक पत्ती जरूर डाल दीजिएगा इससे आपके सफलता कदम चुमेगी जन्माष्टमी आपके लिए बहुत शुभ रहेगी आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा येलो कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक वृषभ राशि की ओर चलते हैं तो वृषभ राशि के जात को आज किसी खास काम में आपको फायदा होगा भाई बहन के साथ आज आपके संबंध बेहतर होंगे जीवन साथी आपकी बातों से थोंगे, बिजनेस के के मामलों में में आज आज का दिन काफी अच्छा रहेगा सामाजिक कार्यों सफलता मिलने के योग बन रहे दोस्तों से आज आज आपको मदद मिलेगी कुछ नए कामकाज आज आपके सामने आएंगे किसी नए प्रोजेक्ट पर आज आप कार्य करते हुए नजर आएंगे और इनसे जो है जरूरी किसी लोगों से आपकी मुलाकात होगी शाम तक की कोई शुभ समाचार मिलने से आपका मन बड़ा खुशनुमा हो जाएगा आज भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र जरूर चढ़ाइए इससे आपके जो है जीवन में आ रही जो मुश्किलें हैं बाधाएं हैं ये बड़ी दूर होंगी और हो सके तो आज माखन और मिश्री का भोग भी आप लोग जरूर लगाइए क्योंकि जो, जो आपके राशि के स्वामी होते हैं मक्खन पर और मिश्री पर उन्हीं का आधिपत्य रहता है शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है मिथुन राशि जेमिनी तो आज पारिवारिक मामलों में आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है ऑफिस में आज आपका कार्य धीमी गति से जो है होगा जिससे आपका मन खिन्न रहेगा आज आपके कुछ परेशानी बढ़ेगी आपके बच्चों के कारण किसी नए काम पर आज आप सोच विचार कर काम करिए तो ठीक रहेगा किसी बात को लेकर के अपने बड़े भाई से आज अनबन हो सकती है नए संबंधों से आज आपको फायदा होने की उम्मीद है भगवान श्री कृष्ण को आज आप चांदी से बनी हुई यदि बांसुरी अर्पित करते हैं और यदि आपकी क्षमता नहीं है चांदी से बनी हुई बासुरी अर्पित करने की तो लकड़ी की भी बांसुरी आप अर्पित कर सकते हैं भाव तो दिल से निकलता है परस तो सिर्फ पैसे निकलते हैं तो आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए बस ये आप लोग करिए शुभ कलर जो आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज के दिन नीला रंग शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन कर्क राशि के जातको आज पारिवारिक रिश्ते आपके मजबूत होंगे थोड़ी सी मेहनत करके आज आप अपने उद्देश्यों को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे आर्थिक स्थिति में काफी सुधार रहेगा व्यावसायिक कार्यों के लिहाज से आज का दिन काफी बेहतर रहेगा आज आप लोग हर काम को बड़े से और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा ऑफिस का आज आपको माहौल बढ़िया रहेगा कुल मिलाकर के आज आपका मन प्रसन्न रहेगा दक्षिणावर्ती संख में दूध डालकर आज भगवान श्री कृष्ण जी को ओम क्लीम कृष्णा मंत्र से अभिषेक कराइए आपकी मेहनत और हो सके तो आज भगवान श्री कृष्ण को मिश्री का भोग आप लोग जरूर लगाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा रहेगा रहेगा आज वाइट कलर शुभ अंक आपके लिए सात कर्क के बाद हमारी जो अगली राशि आती है यह आती है सिंह राशि तो राशि के जात को आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा ऑफिस में सभी लोगों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा आज भगवान कृष्ण की कृपा से अचानक से धन मार्ग खुलेगा आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी आज आप शाम को किसी धार्मिक समारोह में शामिल हो सकते हैं किसी पुराने मित्र से मिलकर के आज, आज आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा लव लवि के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा फेवरेबल रहेगा किसी शुभ समाचार जो है आज, आज आपको मिल सकता है उचित दिशा में की गई मेहनत आज, आज आपको पूर्ण फल देगी भगवान श्री कृष्ण को आज पीला फल चढ़ाइए और हो सके तो आज के दिन आप लोग भगवान श्री कृष्ण को दूध में केसर डाल करके जरूर अर्पित करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्राउन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक कन्या राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कन्या राशि के जातकों आज ऑफिस के कामकाज में आप काफी बिजी होंगे सोसाइटी में किसी मुद्दे को लेकर आज आपका कोशिश करनी होगी परिवार के कुछ मामलों को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए मित्रों के साथ कहीं घूमने का आज आप प्लान बना सकते हैं घर के बड़े बुजुर्ग शाम को आज जो है चर्चा कर सकते हैं किसी गर्मा गर्म टॉपिक पर आज भगवान श्री कृष्ण को यदि आप मोर का पंख अर्पित करते हैं और बाँसुरी अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपके भाग्य में जितनी भी खुशियां लिखी हैं भगवान श्री कृष्ण चुन चुन कर देंगे और जो भी विपता है जो भी बाधाएं हैं उनको वो हर लेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात लिब्रा के लिए कैसी रहेगी ये जन्माष्टमी तो जन्माष्टमी के जो है राशिफल के अनुसार आज का दिन जो रहेगा दांपत्य संबंध भरपूर रहेगा सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी किसी काम में आपको सकारात्मक परिणाम हासिल हो सकते हैं किसी पुरानी दोस्त से मिलने का योग बन रहा है तुला राशि के जातको मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज का दिन काफी फेवरेबल रहेगा बढ़िया रहेगा परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है अंक, अंक सात जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ कुछ और आपको हम प्रयोग बता देते हैं तब वृश्चिक राशि पर चलते हैं तो शंख की बात करते हैं देखिए भगवान श्री कृष्ण पर जो है आप शंख में दक्षिणावर्ती शंख हो तो बेहतर है नहीं दक्षिणावर्ती है तो जो भी शंख हो उसमें आप क्या कर सकते हैं थोड़ा सा दूध डालिए केशर डालिए और थोड़ा सा शहद डालिए और फिर भगवान श्री कृष्ण को आप लोग स्नान कराइए ओम प्रीम कृष्णा नमा मंत्र से देखिएगा कि आपको कितना जो है भगवान कृष्ण का सपोर्ट मिलेगा साथ मिलेगा वही यदि हम फल अनाजों पर आ जाए तो भगवान जो है श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन आप धार्मिक स्थल पर जाइए भगवान कृष्ण के मंदिर जाइए और फल और अनाज का दान जरूर करिए जन्माष्टमी के दिन यदि आप गाय और बछड़े की नन्ही प्रतिमा लाते हैं और अपने घर में रखते हैं लाकर के उसको तो संतान संबंधी चिंताएं और धन संबंधी चिंताएं दूर होगी लेकिन ध्यान रहे जो बछड़ा हो वो गाय का जो है दूध पीता हुआ हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा मोर पंख की ओर चलते हैं चूंकि ये सब चीजें भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है तो मोर श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय है अथा जन्माष्टमी पूजन में भगवान श्री कृष्ण को इसको आप लोगों को जरूर चढ़ाना रहेगा अगला प्रयोग बताते हैं कि हर श्रृंगार हो गया पारीजात हो गया या सैफाली के फूल हो गए ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है तो यदि इस पूजन में भगवान कृष्ण के पूजन में आप इन इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोगों के जीवन में सफलता आएगी कोई भी माई लाल कोई भी ग्रह नहीं रोक पाएगा दर्शकों ये बिल्कुल श्योर है बिल्कुल 110 परसेंट भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मुरादे पूरी करेंगे अब चलते हैं हम अपनी अगली राशि वृश्चिक राशि की ओर आते हैं वृश्चिक राशि के जात को आज किसी काम में अनुभवी व्यक्ति की सहायता प्राप्त होती हुई नजर आएगी मदद मिलती हुई नजर आएगी परिवार वालों के साथ आज आप शॉपिंग करने का प्लान बनाएंगे पैसों के लेन से आज आपको बचना चाहिए संगीत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन मिला रहेगा यदि आज आप कुछ कुछ दिनों दिनों में जो है कुछ दिनों से कमर दर्द की समस्या से परेशान थे तो आज आपको उससे छुटकारा प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज किसी पुरानी बातों पर ध्यान देने से आपको बचना चाहिए दोस्तों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी आज भगवान श्री कृष्ण को खीर बना करके और केसर वाली काजू वाली बादाम वाली स्पेशल खीर लगा करके जो है उसका आज आपको भोग लगाना रहेगा इससे आपका स्वास्थ्य देखिए बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छे हमारी जो अगली राशि आती है वृश्चिक के बाद ये आती है धनु राशि लेकिन धनु राशि से पहले भगवान श्री कृष्ण के मूल मंत्र पर आ जाते हैं तो क्रिंग कृष्ण नमः मंत्र का यदि आप जप करते हैं भगवान कृष्ण का मूल मंत्र है और इस मूल मंत्र का जाप आपको सुख दिलाएगा सफलता दिलाएगा प्रातः काल यदि आप सुबह उठते हैं और उठते ही नहाने धोने के बाद एक बार इसका जाप करते हैं तो आपके जीवन में सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी अब शब्द जो है दशाक्षर मंत्र है भगवान श्री कृष्ण का ओम श्रीम नम श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा फिर से एक बार आप लोग मंत्र सुन लीजिए ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा यह भगवान श्री कृष्ण का जो है सप्तः अक्षर मंत्र है इस मंत्र का पांच लाख जप करने से यह मंत्र सिद्ध होता है जब के समय का अभिषेक तर्पण करना जो है शास्त्रों में लिखा है विधाओं में लिखा है लेकिन यदि आप पांच लाख नहीं जप सकते हैं तो प्रतिदिन दो माला तो इसकी आप लोग जरूर करिए एक जो है क्या कहते हैं आठ अक्षरों वाला जो है भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है और आप लोग देखिएगा आठ इसमें अक्षर आएंगे गोकुल नाथाय नमह ये भी मंत्र से साधक की सभी जो है अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का द्वाराक्षर जो है मंत्र है ओम नमो भगवते श्री गोविंदाए यदि इस मंत्र की एक माला का आप जाप करते हैं तो आपके ऊपर आई हुई विपदा जल्द से जल्द भगवान श्री कृष्ण दूर करेंगे तो ये सब देखिए विशेषकर दर्शकों जो है मंत्र है इन मंत्रों से आप लोग भगवान को मना सकते हैं धनु हैं धनु राशि की ओर चलते अधिक समय ना लेते हुए धनु राशि के जात को आज आपकी किसी समस्या का समाधान निकल सकता है आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी आज आपको दूसरों से अपनी पर्सनल बातों को शेयर करने से बचना चाहिए साथ ही जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से आपको बचना होगा आज आपको अपनी सोच और व्यवहार को संतुलित बनाए रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। दांपत्य जीवन मधुरता से भरपूर रहेगा बिजनेस में स्थिति ठीक रहेगी आप अपना काम आज आप अच्छे से पूरा कर लेंगे भगवान श्री कृष्ण को यदि आज आप पीले फूल की माला अर्पण कर रहे हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर होगी तथा आज भगवान श्री कृष्ण को व्हाइट कलर, रंग का कोई श्वेत वस्त्र यदि आप पहनते हैं तो ठीक रहेगा आपके लिए आज के दिन व्हाइट कलर शुभ भी रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ मकर राशि की ओर चलते हैं तो मकर राशि के जात को आज परिवार के साथ हंसी खुशी के पल आप बिताएंगे आज आपका आर्थिक पक्ष काफी मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इसके साथ साथ स्टूडेंट्स uh, के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा कैरियर में आगे बढ़ने के तमाम नए मौके मिलेंगे संतान पक्ष की ओर से आज, आज आपको सुख की प्राप्ति होगी किसी क्षेत्र में उनको सफलता मिलेगी आज भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं और हो सके तो एक बाँसुरी आप लोग अर्पित करिए आपकी सभी अभिलाषाओं को भगवान कृष्ण जरूर पूरा करेंगे आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा आज येलो कलर शुभ अंक रहेगा ये रहेगा नौ कुंभ राष्ट्रीय कैसा रहेगा आज का दिन तो आप लोग फटाफट देखिए वीडियो को लाइक कीजिए और आप लोगों के शहर में आ रहे दिल्ली आ रहे हैं चौदह तारीख में चौदह सितंबर में तो आप लोग मिल सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट आप लोग बुक करा लीजिए तो कुंभ राशि के जात को आज आप अपनी कोई नई योजना बना सकते हैं घरेलू समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में आज आप लोग सफल होते हुए नजर आएंगे आज जो लोग नौकरी में हैं उन्हें कोई गुड न्यूज मिलेगी आपके बड़े अधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे पूरे सहयोग करेंगे घर परिवार में भी स्थिति अनुकूल रहेगी दोस्तों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग बना सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को यदि आप पीली मिठाई अर्पित करते हैं तो आपकी योजनाएं सभी सफल रहेंगे शुभ शुभ कलर भी आपके आपके लिए लिए रहेगा रहेगा रहेगा येलो पीला रंग अंक आपके लिए रहेगा। ये रहेगा साथ। अंतिम राशि पर चलते तो यात्राओं का योग बन रहा है माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आपको सताएगी बिजनेस के लिए आज आपको बाहर जाना पड़ सकता है यात्राएं काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी आज भगवान कृष्ण को कोशिश कीजिए माने और मिश्री का भोग लगाइए और पीले वस्त्र आज आपको इनका आपको धर्म स्थान पर या भगवान कृष्ण के मंदिर में जो है दान देना रहेगा इसके जो है ये जो दान रहेगा इस दान के कारण आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आएंगी वो दूर हो जाएंगी दर्शकों तो शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला आपके लिए भी और शुभ अंक जो रहेगा ये रहेगा आपके लिए छ तो तमाम चीज़ें हमने आपको बताई कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी हुई उम्मीद करते हैं आपको जो है हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो दर्शकों तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जो बगल में बना बेल आइकन है इस बेल आइकन को आप लोग जरूर दबाइए देखिए दर्शकों तेईस तारीख को जो है 23 अगस्त को सुबह आठ बजकर आठ मिनट से अष्टमी तिथि का प्रारंभ रहेगा और 24 अगस्त 2019 को सुबह आठ बजकर तीस मिनट तक की अष्टमी तिथि रहेगी रोहड़ी नक्षत्र जो रहेगा कुछ विद्वानों का मत है 24 अगस्त की सुबह चार बजकर पंद्रह मिनट से लगेगा और कुछ लोगों का मत है कि तेईस तारीख को रात्रि ग्यारह बजकर पंद्रह मिनट के बाद रोहड़ी नक्षत्र रहेगा और 25 अगस्त को सुबह सात बजकर अट्ठावन मिनट तक रहेगा जिन लोगों को व्रत रहना है तेईस तारीख को आप लोग व्रत रहिए और ज्यादा अच्छा रहेगा और अष्टमी जो है 24 तारीख को जो है साढ़े आठ बजे खत्म आप पारण करिएगा और चंद्रदेव को आज दूध से मिश्री से आपको अर्घ जरूर देना रहेगा और काफी कुछ देखिए भगवान श्री कृष्ण कई कलाओं से युक्त थे तो यदि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का कोई भी एक मंत्र यदि आप पकड़ लेते हैं और कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 11 माला तो आप लोग कर ही लीजिए तो काफी अच्छा रहेगा और दर्शकों कुछ ये प्रयोग थे अः दक्षिणावर्ती संघ का जैसे प्रयोग हो गया दक्षिणावर्ती संघ के प्रयोग से नारायण का पुरुष सुख से आप लोग पाठ कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को आज आप लोगों के, लो के लिए काफीमंद रहेगा तो ये सब देखिए एक्टिविटी आप लोग करिए रिलेटेड बाकी जो कुछ होगी हम अपने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में डाल देंगे फेसबुक पेज है एस्ट्रोविदास पर तमाम लेख हम डेली डालते रहते हैं आप लोग भी पेज को जाकर के लाइक कर लीजिए हमारे तमाम दर्शक जो यूट्यूब चलाते हैं फेसबुक भी चलाते होंगे तो दर्शकों दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और हां दर्शकों हरियाणा चुनाव से रिलेटेड हमने एक भविष्यवाड़ी की हुई है उसको प्लीज आप लोग जाकर के पूरा वीडियो देखिए काफी अच्छा वो वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो बना हुआ है और हो सकता जो है जो हमने भविष्यवाड़ी की है और वर्षफल दो हजार बीस का सभी जो है तैयार हो चुका है एक एक दिन में आपको मिलता रहेगा तो दर्शकों नए है तो सब्सक्राइब करिए बेलाइकन दबाइए और यदि पुराने हैं तो भी सब्सक्राइब तो वही है बेल बेलाइकन आप लोग ज़रूर दबा दीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देरी से आने के लिए क्षमा प्रार्थी तब को कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड चीज़ें कंटेंट तैयार करने थे तो दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हम अपनी जो है बातों को विराम देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से जो है क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी लोगों से हम जो है विदा लेना चाहेंगे लेकिन जाते जाते दर्शकों भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड एक चीज़ हम आपको बता दें जो हमने स्टार्टिंग में जो है कहा था कि भय प्रगट कृपाला एक मिनट दर्शकों बता रहे हैं आपको जी प्रगटे गोपाला दीन दयाला देवकी मां बलिहारी हर्षित महतारी मुनिमनिहारी मोहक रूप निहारी लोचन अभिरा तनुघन भूषण गलमाला नयन विशाला शोभा सिंधु मुरारी तो दर्शकों इसमें एक क्या कहते हैं चौपाई आती है कि यमुना इठलाई निज प्रभु पाई लहर उठे जो सागर प्रभु चरणन परसी अति मन हरसी घटी तुरथ अति नागर अर्थात जब वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जा रहे थे तो यमुना जी का जलस्तर उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर हो रहा था अब वासुदेव जी भी डूब रहे थे तो इसी में बहुत अच्छी ये रचना आती है कि यमुना इथलाई निज प्रभु पाई यमुना जी इलाती है प्रभु के जो है चरण पाने के लिए लहर उठे जो सागर मतलब सागर के समान जैसे लहर उठने लगी प्रभु चरनन पसरी चरणी प्रभु ने अपना चरण फिर बाहर किया और यमुना जी ने जैसे ही उनके चरणों को स्पर्श किया उसके बाद की लाइन है कि घटित मतलब तुरंत यमुना जी वहां पर घटने लगती हैं ये विलक्षण क्षमता है कृष्ण में कृष्ण बनना दर्शकों आसान नहीं है तमाम इसमें बहुत अच्छे अच्छे जो है क्या कहते हैं लेख है और एक जो है आई पी एस हैं जुगल किशोर जी तो उनके द्वारा ये रचना है और काफ़ी अच्छी रचना है और बहुत ही अच्छे वो गीता का सार बहुत अच्छा कहते हैं बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो, है। तो दीजिए इजाज़त दर्शकों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और जय श्री कृष्ण